नो, no. जी जी। लड़की को बार बार दिखाओ चल रहा चौदह कैमरा उधर क्यों है तुम्हारा सोरी सर ग्राउंड तो इधर है सोरी सर क्या सॉरी चौदह सौ रूपए की चार लोड़ी आई है दो बार दिखाया हाई हाई दलाल साहब मेरा मतलब मैनेजर साहब फूल थी और अगले साल की आई पी एल स्कीम सुन लोकेशन में सिर्फ लड़कियाँ होंगी अरे तो हमें ना खरीदोगे क्या हां पैसे बच गए तो खरीद लेंगे एक आध को अबे कैमरा इधर कर क्या हो पीछे अरे देख तो कम से कम उधर पता तो जब चलेगा ना उधर का कैमरा तो मैंने ना देखा आज तक पीछे कैमरा उधर कर विराट जाओ तुम कैमरा इधर कर मैं इधर मैं मैं उधर चल रहा है सर विघ्नानी विघ्नना अगले साल वेलकम बैक टू द फाइनल्स ऑफ साउथ आईपीएल 2022 सो so हियर वी हैव हाफ गोपसली एंड मिस्टर जडेजा सो so, जडेजा धोनी सर आप पर कप्तान तो जड़े जाएं तो लगता है <laughs> मुझे नहीं लगता और हाफ हाफ निकल ले हाँ फुरसत में हम तो हाँ। अंग्रेज कोई नहीं गा। नहीं बनेगा नहीं हाँ, वह हम अंग्रेज होता इसी वजह से वह हमको कैप्टन नहीं मानता अबे तो हम कौन से एंगल से अंग्रेज लग रहे हैं जो हमें नो दे रहे वो अब क्यों दिखाईन सामने तो अबे क्यों बनाया मुझे कुल डाउन अबे कुल तो वो है डाउन तो हम हो रहे हैं यहाँ बैठ के अबे सो वी गो व्हाट्स योर हेड हेड कोल सो टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है मिस्टर विराट कोहली ने फिर कंग्रेचुलेशन मिस्टर विराट कोहली मैं जाम यहां से So, खूबसूरती का रंगारंग आगाज अब होने वाला है कुछ ही घंटों में यहां पर बैंगलोर ने टॉस हार पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और ये हुई सबसे बड़े दो तो की एंट्री सुनील उड़िप्पा जी और देसी एम्पायर ये देखिए आ गए उड़िप्पा जी का ऑरेंज कैप और वहीं देसी एम्पायर का अंगो और ये ये मैदान में आ गए कोहली और आज हमारे साथ कमेंट्री में कोई आम आदमी नहीं बैठा बल्कि बैठे हैं खुद केजरीवाल जी।, जी क्या लगा रखा जी आम आम आम आदमी है जी हम धन्यवाद आपका बुलाने के लिए केजरीवाल जी चना खाएंगे आप और ये ये मैच की पहली बोल, ये सर ने उठा दिया बहुत शानदार सिक्स ये ये ये क्या? टॉसर टॉसर एक तोसर है बल्लेबाज़ कौन तो मैं। और अब विराट कोहली स्ट्राइक पर है। देखना ये होगा कि विराट कोहली क्या करेंगे और ये जड्डू की शानदार को सोट और ये विराट देखिए जी कैसे चौके पर चौक कर चक्के पे चक्का मारे जा रहे हैं विराट भाई मुझे लगता है जी आज ये बोलते इसलिए ना बेटे इसके तो सिनिक हो गए हल्की सी गलत बता रही है। फरियाद कहाँ लगी थी मेरे यहाँ चली गयी ये मतलब मैं इल्जाम लगा रही है बच्चे पे कितने में भी कहा किसे कह <स्थाथ> कितने में भी कहा अगर शतक मारा तो मिलेंगे दो करोड़ बनना पांच लाख तेरा बढ़िया है बेटी और क्या गुजारा हो रही है इसमें टॉस उछालने में, में, में मेरा बच्चे पलना है महंगाई देख रहे हो ये तो है यार तुम्हारा क्या हिसाब है एम्पायर साहब मेरा थोड़ा अलग है प्लेयरों से अलग चला है, मेरा। मेरा है पर ऐसा तो ना पता लेकिन किसान की से तो ऊपर ही बैठ जा काम भी तो बढ़िया कर रहे हो उससे ज़्यादा कर आवाज कहाँ सारी एम्पायर साहब माइक स्टम्प वाला तू जमा हटाई बढ़िया अगली बोल आती हुई जी ये बहुत बढ़िया का बहुत बढ़िया अबे लड़की हलवा दी अबे लड़की दिखाता रहेगा हमें कब अबे तू है तू है कौन ये क्या चीज हो अबे प्लेयर अब लोडिया बिलर करवा दी आते क्यों है पता न यहाँ पे और जिस प्रकार से फरियाद फरियादर खेलने केजरीवाल जी आज लगता है ये शतक मारेंगे जी जी छह रन चाहिए सिर्फ शतक में गुट फरियाद को आ, ये क्या आ, अरे अरे कहा, कहा? दिल्ली पहुंचा दी के गई और ये, और ये बल्ला के भेग रहा कर रहा है शतक बेट... हो गया है ये पहला टोसर है केजरी जी अच्छा अच्छा ये बेटा की दुआ का दिखाई और ये देखिए किस किस विराट कोहली की इनका भी शतक हो जाएगा दो रन चाहिए केवल करा देंगे ऐसे ऐसे फील्डर तो ला ला ला ला ला ला ला ला ला और ये बोल दे कहा बोल गलत भाई ये कर रहे यार जी की नाराजगी जी जाए जाइए नो डाउट है बिल्कुल सही निर्णय बिल्कुल सही अच्छी सुन में क्यों हो गया मेरे कानू जी यहाँ पे मत का उट है note out है, है। माही मेरे बच्चे note out है। मैं लेना है? क्या क्या, क्या लेगा? भाई मरवाओगे ना कैसा आर एस है इसका? अपन लोग चल रहे हैं लेग पे। रहेगा वो माई भाई ओ लेने वो कह रहा है। दस्त हो रहे देखो पीली भी कर दी चलो क्या लगता है फरियाद लगी थी क्या बल्ले पे? अरे विराट भाई अगर बल्ले पे लगी होती तो बल्ले पे निशान आता स्क्रेच आती डीआरएस जी उंगली क्यों कर है ये डी आर एस है जी आ, तो, क्या होता है ये ये देखिए रिव्यू दिखाया जाएगा इसमें और जी बोल आई है बल्ले के करीब आई है केजू जी क्या लगता है बल्ले ऐसी लगी है भाई जी? अरे कान में क्या मेरा मतलब ये देखिए देखना होगा यहाँ पर इस नीकों पर हाँ जी हाँ जी बढ़िया लग रहा जी केजू जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी आपके कानों में खून कैसे अरे मेरे कान से से निकल निकल लिया तेरे से निकल लिया मैं, मैंने कहा था मैं बिल्कुल ईमानदारी का गेम खेलता हूँ कितना पता तू है मैं पता माई वाई को दस्त कराने लाया था बल्ले ऐसी इतनी दूर गए आवाज़ तक मैं नहीं को ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग अब मुझे वो लेना ही पड़ेगा चल बे धोनी काफी नाराज है और देखना होगा क्या करते हैं अब? अब क्या बात है अजी ये टोपा क्यों मांग रहा पहले से है तो इस पे? एक टोफा तो मेरे पास मैं ना मतलब ये है के आर एस सिस्टम कसम रिव्यू सिस्टम इधर बुला रहे मैं कह रहा हूँ ये देसी एम्पायर का नया सिस्टम है क्या कोई जी जी बेटे अम्मी की खा के बताओ आउट हो कि नहीं अम्मी की कसम नोट आउट हो बल्ले से बहुत दूर थी अजी अब किस चीज का इंतजार हो रहा है पता नहीं अनजान नंबर हेलो मैं कौन रज्जाक मैं मेरा भैया बात करा हूँ मुझसे क्या फरियाद की अम्मी का इंतकाल हो गया ना! <laughs> अरे अम्मा।, अम्मा अरे अम्मा एक सौ बयालीस पर नमाज चल लिया था तू क्लीन बॉन्ड हो गई अम्मा अम्मा फरियाद <laughs> <laughs> बेटे हौसला रख फरियाद अम्मा! अरे कोई छुड़वा दो मुझे। बेटे, ने किस टाइम में बता दिया ठीक है मैं आ जाऊंगा गहरा दुख वरिया टोसर की शतक ये पारी क्रिकेट जगत में हमेशा हमेशा याद रखी जाएगी उनतालीस बोलों में 142 अजी ये कौन आ रहा है छोटू ये चाय देना आ रहा क्या नहीं केजरीवाल जी ये हैं हाफ दो पसली हैं हाफ पसली तो विराट भाई विराट भाई देखिये विराट कोहली क्या करते हैं अब ये शतक मारेगा जी मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बेटे से ये देखिए क्या और ये टाइम आउट का आ, खुजादे खुजादे स्ट्रेटेजिक का ही ही होता ये था नहीं जी ये तो, तो तो तो बस ऐसे ऐसे है आ मैं गया तू ये मैं कर लेता हूँ आप जाके सपना 11 पे टीम बनाइए तुम पहले बैट्समैनिंग कर लो पूरी बात सुन लेगा मेरी पहली बॉल पे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता क्या मेरी घड़ी खराब हो गई थी दस रन इनसे लग रहे और वो वो रील रील बना रही में लगा चैनल लगा वापस सर लगा लगा सर लगा तो हूं। अबे लगा लगा तो तो दिया आउटे, आउटे, आउटे, आउटे, आउटे, किलियर, आउटे, किलियर। अबे अबे सर आउट आउट आउट है एंपार? एंपार है है है है है है ये ये लगाते है Empire, out there. Out there, out there. और केवल एक रन चाहिए शतक में हाँ जी बिल्कुल चाहिए जी दोनों सेम ना लग रहे हैं थोड़े थोड़े भैया है दोनों क्या होगा शतक और ये शॉट घुमा दिया है अरे ये ये तो ये तो मुझे लग आ, है रहा है जी अजीत शतक हो गया शतक आउट है हो गया क्या? ना मेरा बताया को बल्ला उठा दू अरे जा भाई ले रहे जा। मेरी जान है तू तो मेरा बाबू है अंदर क्या पहन नहीं हो रिव्यू तो आई नरिया ऊपर ये तो चुम्मा चाटी कर रहे है कैसा रिव्यू हो रहा है यार यार प्लीज यार, बाद विराट तो का लोहे का फैन है विराट भाई अरे <laughs> विराट भाई भाई। कौन सा था भाई किसने कैच करवाया किसने कैच करवाया है दिराड़ भाई। दिराड़ भाई। गमछा वही वाला है तेरा दोगले मारो साले इसे को मारा लेकिन इसकी गांड मार मूवमेंट ऑफ द मैच बन गया जी ये ये तो और देखिए हाफ किस तरह से बोले खराब कर रहे हैं अजी ये क्या कर रहा है जी ये कछवा मेरे समझ में नहीं आ रही है जी ये कुछ नहीं कर रहा जी अब भाई ये खेल लेगा मारवेगा देखना होगा आप क्या करते है ये ये कहा कौन सी पिच में खेल रहा है मारेगा मारेगा ना मारे भी अभी बॉल कितना हुआ है अब बाकी में कुछ मारेंगे और ये देखिए कितनी आगे बढ़ रहे हैं इसे बस करवा दो अगली और ये नो बॉल बॉल अबे इधर तक किधर को फेंकी है बोल कुछ समझ नहीं आ रहा और ये नो ये, ये तो मेरा पैर है ही ना सफेद पैजामा मेरा तो पीला है अब हमारे कैमरे पीले कलर को व्हाइट करके दिखा रहे हैं नीचे का बस अब तू क्या भी नीले दिख रहे हैं हाँ। बोल करा ले जा जा ये भी बाहर मेरी बात फ्री दे, फ्री दे बल्ला चारों तरफ को मुझे पता ही तुझे डर लग रहा अब घुमा दिल खोल के घुमा दे ए जी लग रहा देगा बहुत दूर हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। ल, ल, न, मार ले सोले। क्या हो गया ये साला कद्दू खेल लिया मेरा मेरा कैप मेरा का हिसाब बिगड़ लिया अब हाफ यहाँ कुछ खाने चल रहा हो तो बता हाफ प्लेट ये फुल प्लेट फुल प्लेट मिल रही है हाफ बिरयानी अरे भैया हाफ मिल रही है फुल कुछ समझ में नहीं आ रहा समझ में तो हमें तेरी बेटिंग भी न आ रही है चल रहा है ना ये पता अरे बिल्कुल चल रहे आइए चलिए अरे हाफ ये बल्ला और ग्लब्स दे जाओ हाथ से बिरयानी खानी पड़ेगी आप क्या आइए चलिए और ये एम्पायर का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का ब्रेक चल रहा है टीम को कुछ समझाओ ये लूडो में लगे पड़े हो अरे लूडो नहीं है लूडो पे है इसमें असली के पैसे लगाकर लूडो खेलकर कर असली पैसे जीत सकते हैं और बेटे मतलब टाइम पास के साथ साथ फायदा भी और लीडर बोर्ड पर देखकर कर ये पता लगा सकते हैं कि किसने कितने पैसे कमाए अरे लेकिन ये पैसे हमारे अकाउंट में कैसे आएंगे सिंपल है यूपीआई पी पेटीएम के थ्रू ये देख मैंने दो सौ कमाए और ये मेरे पास भी आ गए ओ बेटे मैं भी आज ही डाउनलोड करता हूँ इसे और सुनो हर नए यूजर को मिल रहा है पाँच का बोनस और यहाँ पर लूडो के टूर्नामेंट चल रहा है जहाँ पर आप पचास रूपए लगा 50 तक जीत सकते हो पचास क्या बात है यार वो बात तो ठीक है माही भाई लेकिन टीम को कब समझाओगे तुम किस बात के कैप्टन हो कौन है कैप्टन ये बिरयानी खाने के बाद वाह क्या सूरत है बिल्कुल असली और ये देखिए कैसे छक्के चढ़ रहे हैं मैं तो मानूंगा कि बिरयानी का कमाल है एक एक प्लेट बिरयानी हर खिलाड़ी को खिलानी चाहिए मुझे दो प्लेट चाहिए जी के एम्पायर के साथ उंगली चाटते तो हुआ इच्छाधारी नाक जानी दुश्मन कारमान कोहली और अब देखना होगा कि क्या होता है रिव्यू रिव्यू रिव्यू गया हुआ है। जी मैं जी आप मैं बताऊंगा बताना हाँ बिल्कुल नो आउट है जी पैर आउट हमको थोड़ा आगे बढ़ खेलना चाहिए था गलती हो गई थोड़ी ठीक है अगली बार से सही कर अरे हाँ हम तो खेले नहीं खेले का जब भी तो आउट आप तो बिरयानी अरे हाँ बिरयानी के नाम पे खिचड़ी खिला दिया हमको you fucking asshole! You, you, you, तेरी मार तेरी आ, बै, मेरे को बिच्छू मार मेरे गुस्सा अरे भैया हम क्या नहीं यो, यो, यो, यो, यू बहन के आ, आ, हाफ, आ, हाफ हाफ आउट है की बात मानोगे नहीं मानोगे मानोगे पर हमसे ही नहीं नहीं नहीं मेरी बात बात ठीक है है भाई आपकी बात मानना है। नहीं तो साले को जान से मार देता यहीं की यहीं मसाज करूंगा मसाज चलो ढाई किलो खिचड़ी खाइय नाम हाफ फुल प्लेट खा खाइया बहुत बहन के गाली ये बकरे गाली क्यों बकरे सीनियर बक रहे हमारे गाली अच्छी नहीं लगती इनके मुझे चलो मसाज करू हाफ में तुम्हारे मसाज रूम में ओके ओके आओ अभी जीत में है सट्टा है तैयार हो जाइए बहनो चेन्नई खरीदना था कैसे मैं अपना खिलाड़ी कौन खरीदे भाई जल्दी से करो क्या कर दो मसाज अब बावला हो गया के? बावला बावला कुछ नहीं हुआ मसाज करो जल्दी से इस साइड को वैसे जिस हिसाब से खिलाओ मसाज तो बनती है इसकी बावला होगी माना चाह रहा क्या कर रहा है तू बैटिंग पे उधर? थो हाँ, तो तुमने भेजो उसका आना इम्पोसिबल है, है भाई। दिया उसकी आज विराट भाई इस बार मुझे बैटिंग दे दो जी ये कौन सा खिलाड़ी आ रहा जी? चार वाला जी है और ये ये कौन स्टेडियम में घोड़े से आए हैं जी एड्रेस भूल गया क्या मंडप का को कोई पता नहीं ये। जी मेरी समझ में नहीं, नहीं आ रहा जी क्या चल चलिए डायरेक्ट फ्रॉम सुहागरा घोड़े में आए जी ये अभी घोड़ा चलाएंगे रात को ये अपना मतलब सॉरी केजरीवाल जी तो मेरा है भाई। अरे क्या हो रहा है ये? और ये देखिए मैक्सवेल खेलने के लिए रेडी काफी खतरनाक खिलाड़ी मानी जाती है केजू जी बहुत बढ़िया खिलाड़ी है जी सेक्सवेल मैक्सवेल और ये देखिए सोटो में जान देखिए किस कदर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं ये जी जी बहुत पावर है जी इस खिलाड़ी में मुझे लग ये, ये परेशानी है बेटी तो क्या हो तो गया मैक्सी बेटे क्यों थक रही है पूछे इससे क्या हुआ इसे रहा है ये भाग नहीं सकता क्यों? Uh, you know, अब क्या कह रहा कल रात की स्वागरात थी ओ oh, म लेकिन शादी तो आज रात है इसकी और रात भी आज होगी to to भागने के लिए रनर चाहिए। ऐसे नहीं मिलेगा। साथ ही ऐसे कैसे मिल जाएगा? इसके कुछ थकान पर थोड़ी मिलता, कोई चोट बोट लगी होने तो चोटे जब तू तो बोल कर रनर मिल जाएगा तुझे आखिर मैंने आर सी बी का पैसा ओ अच्छा एम्पायर तू देखना होगा क्या इंतजाम रहेगा और ये बोल और ये बहुत बेहतरीन शॉट रनिंग बोलिंग फरारी भी चलती दहेज में मिलने वाली थी फरारी थोड़ा स्ट्राइक रेट कम रहेगा डेढ़ सौ रहे थे ससुर साहब और ये कैसे रनर लिया ये ना माना जा रहा कहा लिया अभी रनर पर ये तो लोन्डे की थार है लुंडे को दहेज में मिली है चलागा और ये ये धोनी चीटिंग नहीं चलेगी गेम में कहा तो, दो, दो दो उठा दिया शोट काफी अच्छा है। फिर रन लेंगे अपनी थार से ये देखिए निकल गए काफी सुंदरता से निकले और ये क्या ये आउट हो सकता और ओ माई गोल काफी पेचीदा और करीबी मामला रहेगा ये ओ हो, हो। करीबी मामला लग रहा है उसको और ये एम्पायर का रिव्यू और ये गई है बल्ला नहीं आया है आउट हो सकते हैं बल्ला नहीं आया लेकिन लेकिन टायर आ गया और ये नोटाउट नो डाउट है भाई नो डाउट है टायर से खेल लिया ये खेल लिया ऐसे तो तुम ट्रेन खड़ी करवा लो यहां ही ना होगे? पूरे दिन खेलते रहियो? और और ये कर, ये बॉलर की अगली बॉल का मैक्सवेल स्टार्ट ऐसे मत हो गए क्लियर आउट है भाई मैक्स वेल अगली बार फुल करवाना टंकी कमल ये साठ रुपए का बोतल में पेट्रोल और इसे कार डलवाओप में लेके ना मिलेगी अरे हाँ वो यूट्यूब खरीद रहा हूँ वो एलोन को देख के ना मेरा दिल भी करने लगा उसने ट्विटर खरीद लिया तो मैंने सोचा यूट्यूब ही खरीद लेता हूँ हाँ वो कुछ पचपन लाख करोड़ का है शनिवार हाँ, तक डील हो जाएगी एक मिनट एक मिनट रुकना जरा आखिर कौन है ये जो ग्राउंड पर आ गया है समझ नहीं आ रहा इलेक्शन लड़ने तो नहीं आया जी ये पता नहीं केजू जी हाँ, पहुंच गया था मैं चलिए थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर लू उसके बाद बात, बात करता हूँ आपसे ठीक है ठीक है <laughs> <laughs> अरे अबे यार ये रब्बानी से आ गया ये तो आईपीएल टीम में ही नहीं है अरे धोनी भाई तुम क्या कर रहे हो मिडफील्ड में तुम्हें तो कीपरिंग को होना चाहिए अरे मुहा नहीं लग सकता यार मैं क्यों अरे रब्बानी भी मैं ही बन के आया हूँ ना डबल डबल कर रहे हो एम्पायर कौन है ये किसे खिला रहे हो किसी को भी खिलाफ मुंह खोलो बोलो। चला जा जा। अब यार किसी को भी खिला रहा है। और ये देखना होगा कि मुकेश जी अगली बॉल बॉल पर क्या करते हैं। और ये बॉल और ये फिरे। ये फिरे। पुरा फिरे। पुरा फिरे पुरा फिरे। फिरे। ये शानदार। आउट। आउट। पूरा पूरा देखिए ये ये आउट यही हुआ है चश्मा बदलवा लीजिए अपना अभी तो तो। हमारी है। है चला जा, जा। और ये ये ये अगली बॉल रब्बानी जी बिल्कुल रेडी। शान। अरे अरे हो रहा है ये तो, अरे भाग। डॉक्टर हाँ साहब। हाँ हाँ जैसा आपने बोला था वैसे ही बहुत तेज रनिंग कर रहा हूँ मैं ठीक है ठीक आउट हो गया यार ये क्या हाँ चलिए चलिए मैं बहुत तेज रनिंग कर रहा था ना आपको करता हूँ बाद में रब्बानी जी नमस्कार यहाँ कैसे अरे वो टमी वगैरह बाहर निकल रही है तो डॉक्टर ने बोला जोगिंग वोगिंग किया करो तो मैं आईपीएल खेलने आ गया अच्छा रब्बानी जी वो पिछले साल की मुंबई इंडियंस की रिस्बत भाभी जी पे बख्शिश निकल रही थी थोड़ी अच्छा कितने रह गए थे बारह करोड़ चौबीस रब्बानी जी चौबीस करोड़ रख लो रख लो कोई दिक्कत नहीं अरे वो मेरे रन कितने हो गए रब्बानी जी एक बॉल में चार रन हो रहे हैं बस चार आप कितने हो गए और ये क्या रब्बानी जी सतक सतक अद्भुत अबिश निये एक बॉल में इतने रन ये कहें शतक हो गया एम पार नॉन पे खड़े खड़े शतक हो गया एक एक बॉल में में हो गया इनका। अबे चला जा जा। तक रब्बानी जी। और ये एक बार फिर से स्टेडियम आखिर क्यों? दो बच्चे को बीस का नोट चुरा यार उसका यह गलत है देखन दो जी देखना होगा कि आखिर ये स्टेडियम में चोर आ कहाँ से गए हैं जी ये देखिए हाथ तो है किसी का अरे बड़ी अमाउंट ऑफ मनी स्टोलन जी जी बीस का नोट चुन रहा है पूरा अरे अरे, अरे, अरे और है ये ये कौन है अरे चोर है बहन का लोड़ा है ओहो हो ये उम्मीद नहीं थी अरे शायद कोई मजबूरी रही होगी जी जी बिल्कुल सही कहा अगले साल टीम खरीदने वाले है खुद की जी एम्पायरों की भी टीम होती है होगी होती नहीं थी मैक्सवेल माफी चाहता हूँ और ये देखिए अगली बॉल बॉलर की और ये शानदार शोट रफ पानी जी का काफी ऊंची है र, एक का चलो बढ़िया है मेरे पैडल पंप के काम में आ जाएगा वैसे तो आज की एक्सरसाइज हो गई दफा हो जाती गरीब आदमी कौन होती भैया ये गरीब हेलो शेख साहब वेलकम टू इंडिया शेख साहब मूड में हो क्या होती तो पता नहीं चलती असली टांग कौन सी होती नकली कौन सी होती भैया का कभी कभी तो जमीन से टिक जाती फिर ऐसे लहल ले जाती ऊपर तक ड्रिल मशीन का, का काम करती भैया घर का सारा काम भैया नहीं करा ड्रिल का और कभी कभी मैं इतना मूड में आ जाती कि इसको जोर्डन का पैतीस लाख का जूता पहनाती और बिन सलमान अरवाजल खराब इस बार में इससे तेल का कुआ खोदती अपना ओके भाई, भाई अगर हर बॉल में छक्का भी मारे तो सात सौ बीस बन रहे हैं, और उनके 20 ओवरों में एक हजार कैसे बैठ गए माही भाई इतने टेस्ट मैच में रन न बने हैं वो खेलने से पहले जो हार गए अब कौन जिताएगा हमें ये मैच हम जिताती तुमको ये मैच शेख साहब अरे आप कैसे जिता दोगे हर बॉल में नौ रन चाहिए अगर हर बॉल पे छक्का भी मारेंगे ना तो भी नहीं जीत रहे हम। हम तुम सिर्फ छक्का मारती, छक्के को पलट उसका नौ नौ बना देती। अरे क्या चीज होती इस लैपटॉप में पता नहीं कितना पैसा होती हमको खुद बताती बहुत मोटी होती इस बहुत मोटा पैसा होती इसमें हमारी सिर्फ इसी चीज के नशे में रहती है दलाल क्या नाम होती बच्ची का डेविड कौन में सिर्फ कोने में जाती क्या क्या मतलब रूम पे चलती क्या कौन ये करती तू मैच के नाम पे हर बार आकर रेपुटेशन बिगाड़ती थी सुतरी चलती चल ये मैं कर लेता हूं आप जाके सपना इलेवन का टीम बनाइए नीचे और लगा लिया वो।, नीचे नीचे वो भाई, भाई साहब ये, ये काम वही कर लेगा मैं टीम बनाऊं बनाऊ नंबर नम, दी उसका नंबर नंबर ना है।, है दो हजार का करारा नोट ले गया वो अरे आईपीएल वालों ये कैसी करवा रहे मुझसे बोले ये बिज गई सुनो मैं इस खेल में गांध फटने के आदत पड़ सकती है कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले और ये स्टेडियम में आ चुके हैं धोनी बहुत बढ़िया जी केजू जी जब ये धोनी स्टेडियम में आते हैं तो एक अलग प्रकार की वाइफ आती हैं मजा आता है खेल में जी बाद में सारे काम है और ये केजू जी पहली बोल डलेगी धोनी को बिल्कुल जी धोनी तैयार है जी, जी और ये बोल डली पहली और ये तेरी पे अरे, अरे।, अरे। क्या है ये काफी लंबा सिक्स मारा है धोनी ने आ, बहुत बड़ी और ये दूसरी बॉल ये देखिए जी धोनी धोनी बहुत पढ़िया, बहुत पढ़िया। बेटे बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया बेटे आरपी विराट भाई भाई भाई देखी मैं थोड़ा गलत लग गया यहाँ पर सही जाता अगली बॉल बॉलर की और ये धोनी का एक बार फिर से शानदार कैच ऐसी विराट अभी और ये क्या ये, ये कौन से एंगल थे ये मोटे मेरा मतलब पता नहीं छोटे एंगलों में बात है हेलो हाँ, हाँ, सर पे ये ये पे खिलाड़ी जो कैच पकड़ा क्या नाम है इसका सुबह से चेत रिया उसके आगे कोट में भरवा हट डाले यहाँ से यार बताऊँ तुझे अभी सॉरी हट सर हटो यहाँ से ये देखिए विराट के चेहरे पे गुस्सा देखिए आप जिस चीज के लिए जाना चाहते हैं आखिर करेंगे क्या और ये क्या ये क्या जी जी ये छक्का भी माना जाएगा अरे इस का। ताली क्यों बजाती भैया हमारा खिलाड़ी हर बॉल पे नक्का मारती और ये ग्राउंड में ये ये कौन आया? और फायर यार तो अरे वाह वाह इस बच्चे की जितनी तारीफ करो उतनी कम है ये देख रो ऐसे मौके पे भी फील्डिंग के लिए आया है जी काफी गमगीन लग रहा है और ये बॉलर की बॉल और ये धोनी का शॉर्ट अरे बादा। बादा चार लाइन बहुत बढ़िया डिसीजन है किस बात का किस बात का रिव्यूर क्लियर चौका है तो मुझे थोड़ा सा डाउट है देख देख देख तो ले मैं, लो इधर। जी हाँ, देखना होगा ये बड़े वाह, बहुत ही बढ़िया अगर सिलिप में खिलाड़ी होता तो आउट था जी जी तो ले आएंगे हम मतलब हो सकता है हो, अरे रिव्यू में खिलाड़ी कहाँ ऐसी गया यार ये ये कोई बात रिव्यू में खिलाड़ी से आ गया? यार। यार उसमे रोटी खाता हूँ मैं कुछ ले दे के कर ले यार। तो पढ़ो तो कुछ नहीं हो सकता अरे यार हमें माफ करो यार तुम यहाँ से जाओ यार जी हाँ निराश हो कर जाना पड़ेगा ऐसे देख के खेलने चाहिए किस बात का पता थोड़ी है तुझे ना मुझे ना पता बताओ अकाउंट चेक करिए अपना हाँ वो गलत बॉल खेल गया था रायडू को भेज कप्तानी भी यही कर लेगा चल बे जा। एक ही अब ये देखना होगा कि राइडू क्या कितने खरे उतरते हैं और इनके शॉट में क्लास है इधर गलती। राइडू की बल्लेबाजी जो है ओ! अरे बहन की लोड़ी वो अपने ही प्लेयर होती आउट हो जाती। लैपटॉप खोल ले हम हैं। देखिए जा रहे खेलने वैसे तो दुबई की टीम नहीं है लेकिन शेख साहब का ये गेम देखना एक रोमांच होगा क्यों के जू जी कैसे खेलते जी जी अरे, अरे अरे ये तो खिलौड़ी निकला हम थोड़ा अभी आती आती। इधर बुर्ज थोड़ी टेढ़ी उसको सीधा करके अरे का रन लेंगे ये देखिए भागे अरे ये कैसे भाग रहा है जी ये देखिए एक और बॉल और ये शानदार शॉर्ट ओ माई बोल तीनों बोले आपस में टकरा सकती थी अरे बच गया बेचारा अबे ओ वो भेजिए अपना इसका हेलमेट भेजिए बहुत बढ़िया रेस थ्री का सलमान खान बहुत बढ़िया खेलती है और ये देखिए शेख साहब का अंदाज में मानूंगा की ओ, ओ, ओ, ओ, ये, ये कुर्सी खाली होती कौन में कोई ले जाती थोड़ा आराम कर लेती वो शेख साहब वो खिलाड़ी वो नहीं आ सकता ये रूल के खिलाफ है खिलाड़ी क्या होती जो खेलते हैं मैच और ये शेख साहब को अगली बॉल और ये अरे बॉल पूरा हुआ रे पूरा क्रिकेट के दलाल भाई ये भैया हमारा पता नहीं शेख साहब कहां गए ये बेदखल होना मांगती है हमसे बेटी बहुत अच्छी पारी खेली जिसे एक सामने मजा आ गया जिनकी पारी में माशाल्लाह ये कमेंट्री जो करती इसका क्या नाम होती केजरीवाल है इसको यहाँ पर बुलाओ ये बुलाती हमारे लिए चेन्नई की तरफ ऐसी ये केजरीवाल है ये कोई सा भी बाल होती हमें मैं यहाँ पर चाहती स्टेडियम मेंजू <laughs> जी अकेला छोड़ खैर आगे केजू जी स्ट्राइक पर है और ये देखिए इनका अंदाज वाह कोई स्कोर नहीं जी ये क्रिकेट खेलेंगे तो हम इलेक्शन लड़ना दिल्ली से बुरा हारेगा बुरा। लग जा हल्के में मत लियो जी कोई भी मुझे बेस्ट फिनिशर रह चुका हूं मैं दिल्ली और पंजाब से बॉलर को इसी भी पार्टी के लिए हर बॉल पे छक्का मारूंगा चल में खरा और ये केजू जी को पहली बोल और ये शानदार सूर्ट और तो ऐसे मार रहे हैं जैसे इनका नाम ए, होना चाहिए ये तो पूरा खिलाड़ी होती क्या बल्लेबाजी क्या झाड़ूबाजी बहुत अच्छे और ये अगली बॉल निकली थी झाड़ू बैठ मेरा देखिए इशारा किया है मंगाया है बल्ला से खेलने है। वाली जी चेक करेंगे एक एक करके चेक करेंगे अंदाज ही कुछ ऐसा है बोला कर देख रहे हैं टन टन ये ठीक लग रही है जा। ये आ गए हैं कि पर और ये तैयार और ये अगली बार और नहीं? नो हो रोक लिया है आखिर मसला क्या है बात क्या है ये देखना होगा बेटे पिछगंदी हो रही थी अम्मा। आ, थोड़ी घर भी लगा दो नगर निगम वाला समझ रखा क्या कर रखी आउट करने के लिए मुझे नहीं दिखती है दिल्ली में में आसपास और और और और सफाई के बाद ये ये ये ये पहली वाह क्या क्या है है है पारी अद्भुत आप हैं रन दूर बस दोहरे बहुत लंबा लेकिन अच्छी हम अबुधाबी से सीटों पर और दोहरे शतक की ये मुमल क्या गे? मतलब बहुत बढ़िया सिराज सिराज तू मेरे बड़े भाई जैसा देख मैं मैं तेरे पैर पकड़ता तो। भाई भाई भाई ये ये ये क्या कर रहे रहे हो? हो? ट्रॉफी मुझे मेरे भाई। यार मेरा सपना है बस ये निकाल दे तू कैसे भी करके। आप टेंशन क्यों ले उटे तो। एक हजार तड़ेपन बनाने के बाद भी हार रहे हैं पता नहीं कौन आ गया टीम तेरी पहन का ये साले जी हाँ। ये मुकाबला आईपीएल का फाइनल और सीएसके को अब चाहिए चार रन केवल एक बोल में सभी की निगाहें इस ट्रॉफी पर आखिर कौन उठाएगा क्या विराट का सपना पूरा होगा या केजरीवाल दिला देंगे चेन्नई को एक और ट्रॉफी विराट मन्नतें मांग रहे हैं और वही शेख साहब और चेन्नई की पूरी टीम की निगाह और दलाल भी दलाल भी परेशान नजर आ रहे हैं देखना यह होगा कि इस आखरी बॉल पर क्या रहता ये क्या? क्या मंजर है है? है? और कौन कौन लोग लोग आ गए हैं? हैं? कैसी टीम है? किस प्रकार के लोग है? ओ ये! ये में से क्या नहीं अरे कीजू जी भागो केजू जी मैंने कहा था नंबर चेक करवा लो अपने चश्मे का कैसे खेलेंगे काफी अच्छा ये सूट शूट मारती? अरे मैया ये तो टेरर टेरर आतंकवादी आ गए भागो हमारा ऑरेंज कैब मुबारक मुबारक बहुत बहुत मुबारक <coughs> अबे अबे बड़ी ईमानदारी से फाइनल में पहुंचे सपना यार, यार ट्रॉफी जीतने का <tles of the city> इतना दिल्ली के स्टेडियम में खेल रहे आईपीएल में न्यूजीलैंड की टीम अरे हरा ये सब कैसे जाती हमारा गंदी भैया सारा पेड़ हमारा इस मैच में सट्टा था ये मैच जीतकर हमें असला बारूद लेना था और इन्होंने इस मैच को मजाक बना दिया कुछ भी चल रहा है। हल्का क्यों लग रहा शरीर ब्राड भाई ब्राड भाई बेटे अम्मा अम्मा तू जिंदा बेटे बेटे hey अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एक लाइक करे बगैर कोई नहीं जाने का तो लाइक वाला बटन जो इसको दबा दो और गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को और बताओ कमेंट में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और और गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यही कहीं लिंक आ रहा होगा एंड लूडो पे ऐप डाउनलोड करो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है एंड जी तो लाखों के रियल मनी रियल तो डाउनलोड करो जल्दी से नीचे और गाइस लाइक करना वीडियो को ठीक है बिल्कुल लाइक करे बेखैर मत जान